You to my YouTube सो गाइज you so आज की वीडियो का टॉपिक कोई स्टडी रिलेटेड नहीं है आज की वीडियो सिर्फ आपको एक जर्नल रूटीन बताना है कि भाई इंग्लैंड में हमारी रूटीन कैसी होती है सो so गाइज अभी उठे हैं सब कुछ ऐसा ही पड़ा है सो so, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं इधर खान साहब नहीं है जी रूम में ऊपर जाते हैं देखते हैं जी भाई सब लोग क्या कर रहे हैं लो जी देखते हैं ये साथ ही ये सोच में चेक कर सकते हैं आप उनके काम चेक करें आप ये इदर... देख लें और इधर ये लोग देख लें हाँ जी अरुण भाई क्या हो रहा है अंडे बनाने लगे हैं चाय बनाएंगे अच्छा जी और खान आप क्या देख रहे हैं अभी लोग नाश्ता बना रहे हैं मैं रेडी है और मैंने कुछ नहीं करना खान साहब अच्छे से धोना और बस इस तरह ही रूटीन है जॉब पे निकलना है भी और बस ऐसे ही चलता ओके